गाइस चलो यार आज अपने सब्सक्राइबर्स का थोड़ा टेस्ट लेते हैं आखिर मैं भी तो देखूं कितने बंदे मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं तो ये मैंने वर्ल्ड में रिक्वेस्ट डाल दी अरे आप रियल वाले नितिन फ्री फायर हो क्या हाँ, हाँ, मैं ही रियल वाला हूँ नितिन भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैंने मेरे घर के सभी मोबाइलों में आपको सब्सक्राइब कर रखा है अरे थैंक्स भाई हाँ नितिन भाई हम तीनों आपके बहुत बड़े फैन है अच्छा अच्छा तुम तीनों मेरे फैन हो तो चलो मुझे कुछ गिफ्ट कर दो अबे भिखारी इतना बड़ा यूट्यूबर होके भी भी भीख मांगता है चल निकल नूबड़े भाई मेरे पास भी डायमंड्स नहीं है मैं जा रहा हूँ क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ अरे भाई तुम क्यों खड़े हो तुम भी जा सकते हो मुझे नूबड़ा बोल के अरे नहीं नितिन भाई मैं हूँ मैंने बहुत दिनों से 200 डायमंड बचा के रखे थे भाई मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपको गिफ्ट कर दिया देखो जरा। अरे थैंक यू भाई मैं तो बस अपने सब्सक्राइबर्स को आजमा रहा था ये लो भाई तुम दस हजार का रिडीम मेरे इस सब्सक्राइबर के लिए एक लाइक तो बनता है